धीरे से अपनी चेतना को अपने ध्यान को पैरों के पंजों की ओर ले जाइए अपने दोनों तलवों को महसूस कीजिए अपने दोनों तलवों को ढीरा छोड़ दें शिथिल कर दें दोनों तलवों को शिथिल कर दे शांत कर दे दोनों एड़ियों को महसूस कीजिए और उन्हें ढीला छोड़ दे शिथिल कर दे दोनों पैरों की उंगुलियों को महसूस कीजिए दोनों पैरों की उंगुलियों को गहरा विश्राम दे शिथिल कर दे अपने टखनों को महसूस कीजिए अपने दोनों टखनों को ढीरा छोड़ दें शिथिल कर दें अपनी पिंडलियों को महसूस कीजिए दोनों पिंडलियों को ढीला छोड़ दें शिथिल कर दें दोनों पिंडलियों को गहरा विश्राम दीजिए से रे जिन्हें भी पिंडलियों में दर्द रहता है वे लोग मनी मन उस दर्द को शांत करें शिथिल करें अपने मन से दोनों पिंडलियों को हील करें आ रा एक से अपना ध्यान घुटनों पर लाएं, घुटनों का जोड़ घुटनों की कैप घुटनों के नीचे वाला भाग शांत शिथिल सारा तनाव सारा दर्द दूर हो रहा है दोनों घुटने गहरे विश्राम में है अपनी मसल्स को अपनी जॉइंट्स को रिलीज करें छोड़ते जाएं एक एक करके दोनों जंगाओं को महसूस कीजिए अपनी दोनों थाइस को ढीला छोड़ दें दोनों था पूरी तरह शांत शिथिल अपने बटक को फील करें अपने दोनों बटक्स को ढीला छोड़ दें शिथिल कर दें अपने हिप्स को हिप ज्वाइंट को ढीला छोड़ दें शिथिल करते आराम से शांत शिथिल हा अपनी कमर को गहरा विश्राम दें, पूरा ध्यान कमर पे लाएं, कमर की मांसपेशियों को महसूस करें पूरी कमर को गहरा विश्राम दीजिए शांत शथिल जिनको भी कमर में दर्द रहता है वो मनी मन कमर को हील करें, भाव करें कि कमर का सारा तनाव सारा दर्द दूर हो रहा है आपकी कमर गहरे विश्राम में है भाव करें, धीरे से अपना ध्यान पीठ पर लाएं। अपने पीठ को मनिमन सहलाएं, उसे गहरा विश्राम दें। पीठ की सभी मांसपेशियां शांत शिथिल आ से अपना रीढ़ की हड्डी पर लाएं, रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से से लेकर सबसे ऊपर वाले हिस्से तक पूरी रीढ़ को महसूस करें, उसके हर एक जोड़ को महसूस कीजिए, और उन सभी जॉइंट्स को ढीला छोड़ दें, रिलीज कर दे रिलैक्स कर दे जिनको भी रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की समस्या हो वो भाव करें कि वो प्रॉब्लम दूर हो रही है आपकी रीढ़ की हड्डी शांत शिथिल गहरा विश्राम दीजिए रीढ़ की हड्डी को वहां जो प्राण ऊर्जा का संचार है वो सही हो रहा है संतुलित हो रहा है ऐसा भाव करें araams eh va धीरे से अपनी चेतना को अपने ध्यान को नाभि पर ले आए अपनी नाभि को महसूस कीजिए नाभि के आसपास का जो क्षेत्र है उसे भी महसूस करें अपनी नाभि को गहरा विश्राम दें, गहरा विश्राम गहरी शिथिलता अपने पेट को महसूस करें अपने पेट की आतों को गहरा विश्राम दे गहरी जिनको भी पेट की समस्या हो उभाव करें कि वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी समस्याएं दूर हो रही है आपका पेट हल्का हो रहा है आपका पेट हील हो रहा है आराम दोनों किडनियों को हील करें, दोनों किडनिया स्वस्थ हो रही है ऐसा भाव करें अपने लीवर को गहरा विश्राम दे महसूस करें शरीर के अंगों को और उन्हें कोश की जाते हैं, अटेंशन की एनर्जी दें, पॉजिटिव एनर्जी दें और उन्हें ठीक करें आपका लीवर दोनों किडनिया आते हैं, सारा डाइजेशन सिस्टम हील हो रहा है भाव करें धीरे से अपना ध्यान फेफड़ों पर लाएं। दोनों लंग्स, दोनों को गहरा विश्राम दें, दे की धड़कन को सुनने का प्रयास करें अपने हृदय को विश्राम दें। दोनों फेफड़े स्वस्थ होते हुए जो भी नकारात्मक ऊर्जा हो उसे बाहर करिए हृदय हल्का होता हुआ स्वस्थ होता हुआ भाव करें। दोनों फसलिया उन्हें भी गहरा विश्राम दें। अपनी छाती को सीने को गहरा अविश्राम दें। वहां जो मांसपेशियां हैं उन्हें गहरा विश्राम दे राम धीरे से अपनी चेतना को अपने ध्यान को कंधों पर लाएं, अपने दोनों कंधों को गहरा विश्राम देने दोनों कंधों को ढीला छोड़ दें। अपनी भुजाओं को गहरा विश्राम दे बाइसेप ट्राइसेप रिलीज एंड रिलैक्स अपनी दोनों कोहनियों को हिला छोड़ दें अपनी कलाई को ढीला छोड़ दें अपनी हथेली को हाथों की उंगुलियों को ढीला छोड़ दें कंधे कोहनी कलाई हतीलिया और आराम से शांत शिथिल आ धीरे से अपनी चेतना को गले अपने गले को महसूस करें भोजन नली श्वास नली स्वर तंत्र थाइराइड सब कुछ हील हो रहा है हल्का हो रहा है जो भी एनर्जी ब्लॉकेज है वो सब दूर होते हुए जो भी इमोशनल ब्लॉकेज है वो सब दूर होते हुए हमारा मस्तिष्क और अधिक स्पष्ट और अधिक सजग हो जाएगा अपने गले को गहरा विश्राम दें, छोड़ दें, अपनी गर्दन को महसूस कीजिए गर्दन को ढिला छोड़ दें शिथिल कर दें गला गर्दन हारा धीरे से अपना ध्यान ठुड्डी पर लाए अपनी ठुड्डी को अपनी जबड़ों को गहरा विश्राम दे अपने फोटों को ढीला छोड़ दें, अपने जीव और तालू को ढीला छोड़ दें। अपने गालों को गहरा विश्राम दें, अपनी नासिका को बहती हुई श्वास को गहरा विश्राम दें। अपनी आंखों को गहरा विश्राम दें, दोनों आंखें शांत शिथिल अपने आईब्रो को रिलैक्स करें आंखों की पुतरिया आंखों के भीतर वाला भाग शांत शिथिल अपनी कनपट्टियों को ढीला छोड़ दें, अपने कानों को ढीला छोड़ दें, अपने बालों की जड़ों को ढीला छोड़ दें, अपनी कपाल को गहरा विश्राम दें। कपाल के नीचे हमारा मस्तिष्क उसे भी गहरा विश्राम दे हमारी इंद्रियों और हमारे मस्तिष्क के बीच में हमारा मन वो पूरी तरह शांत हो चुका है निष्पंद कोई हलचल नहीं कोई गति नहीं आप गहरी शांति में है गहरे विश्राम में है हमारे कपाल के नीचे जो हमारा ब्रेन है उसी में हमारा सबकॉन्शियस माइंड वहां भी गहरी शांति गहरा विश्राम मस्तिष्क के अन्य भाग वो भी डीप साइलेंस में जा रहे हैं लगाता, लगातार आप लगातार गहरे विश्राम में डूब रहे हैं साइलेंस में डूब रहे हैं हमारे शरीर के सभी जोड़ हड्डियों का जो ढांचा है उसमें सारे जॉइंट्स जो हैं हमने हल्का कर दिया है रिलीज कर दिया है वहां कोई भी ब्लॉकेज हो उसे हम दूर कर रहे हैं सारे ब्लॉकेज सारा तनाव दूर होता हुआ अभी आज का नहीं इस जन्म का सारे तनाव पिछले जन्मों के भी सारे तनाव दूर हो रहे हैं बॉडी एकदम हल्की हो रही है। शरीर की हड्डियों पर जो मांस लगा हुआ है वहां से भी सारी ब्लॉकेज एनर्जी डार्क एनर्जी दूर हो रही है वहां पर श्वेत प्रकाश का ध्यान करें व्हाइट लाइट भी करें मांसपेशियों में त्वचा के ऊपर रोम चित्रों से व्हाइट लाइट बाहर निकलते हुई ऐसा भाव करें और वो व्हाइट लाइट हमें और अधिक हल्का और अधिक शांत कर रही है सारे न्यूरॉन्स क्लीन होते हुए न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन है वो और अधिक अच्छा होता हुआ हमारी बचपन से लेकर अभी तक जो भी स्मृतियां हैं मेमोरी है जो भी दुख जो भी समस्याएं हमने फेस की है उसकी वजह से जो कुछ भी ब्लॉकेज हैं, स्मृतियों के बार बार सामने आने वाली जो समस्याएं हैं, वो सारी की सारी दूर होती हुई हम अपने पूरे जीवन को जैसा था वैसा स्वीकार करते हैं और स्मृतियों के भार से मुक्त होते हैं जो भी पास्ट मेमोरीज हैं, अगर हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, तो उसे भी हम शांत कर दें शिथिल कर दें और गहरे विश्राम में चले जाएं, गहरी शांति में चले जाएं। वर्तमान की जो चुनौतियां हैं उसे भी हल्का कर दें उसे भी हम देख लेंगे उनका भी सामना कर लेंगे उनसे जो भय है उसे भी शांत कर दें। यदि कोई फ्यूचर को लेके डर रहा हो तो उस भय को भी दूर कीजिए सारी भावनाओं को शांत करें कोई बहुत ज्यादा भावुक है इमोशनल है तो वो भी अपने आप को शांत करते और हल्के हो जाएं अपने एनर्जी बॉडी को क्लीन करते व्हाइट लाइट से पूरे शरीर की प्राण ऊर्जा को क्लीन करें उसे हल्का करें और चारों तरफ श्वेत प्रकाश का ध्यान करें हमारे सारे चक्रास बैलेंस होते हुए मूलाधार रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाला हिस्सा स्वादिष्ट हमारा मूलाधार से ऊपर हमारे सेक्स ऑर्गन्स वो भी क्लीन हो रहे हैं वहां भी कोई एनर्जी ब्लॉकेज हो दूर हो रहा है श्वेत प्रकाश से उसे भी ठीक करें मणिपुर नाभि चक्र उसे भी स्वस्थ कीजिए भाव करें नाभि के प्रति जो वहां पर जो एनर्जी चैनल है वो क्लीन हो रहा है अनाहत छाती के मध्य सीने का मध्य भाग वहा जो भी भार हो उसे दूर कर दे व्हाइट लाइट से तो क्लीन करें सफाई हो रही है अंदर विशुद्धि हमारा थायराइड प्लैंड वो भी क्लीन होता हुआ स्ट्रॉन्ग होता हुआ और फिर विशुद्धि हमारा भ्रूमध्य वो भी शाप होता हुआ क्लीन होता हुआ बैलेंस होता हुआ ये सारे हमारे चक्रास हैं। उन सबको बैलेंस करें भाव करें सारे चक्रास बैलेंस हो रहे हैं और क्लीन हो रहे हैं। पूरा शरीर मन भाव एनर्जी बॉडी क्लीन हो चुकी है हम पूरी तरह शांत है, हैं, शिथिल हैं हम अपने आप को हील करने के लिए ओंकार जप ध्यान का अभ्यास करेंगे जो लोग मानसिक जप करना चाहते हैं केवल मानसिक वो मानसिक करें जिनको लग रहा है वो वाचिक जप कर पाएंगे तो दे कैन चेंट हो ओमकार के स्पंदनों को महसूस करें और मानसिक जब करें मैं वाचिक करूंगा आप लोग मानसिक करें मेरे शब्दों को सुनें मेरे जब को सुनें और आप मानसिक करें ओ Oh Oh O O O Oh पूरे शरीर में ओमकार के सकारात्मक स्पन्दनों को महसूस करें फाइव एलिमेंट्स से बनी हुई हमारी ये बॉडी गहरे विश्राम में है गहरी शांति में है इसी अवस्था में बने रहेंगे अगले कुछ समय तक हमारे मेंटल बॉडी इमोशनल बॉडी एनर्जी बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी सारे लेयर्स हील हो चुके हैं हम गहरे विश्राम में हैं गहरी हार्मनी में इसी अवस्था में बने रहिए और ओमकार के पवित्र स्पंदन ओंकार के शक्तिशाली स्पंदन हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा देते हुए अनंत आकाश का ध्यान करें और अपने मन को अपनी एनर्जी बॉडी को विस्तार दे शरीर वही है पर हमारा मन हमारी ऊर्जा फैल रही है और उस एनर्जी बॉडी से उस मेंटल बॉडी से पूरे आकाश को नापिए पूरी पृथ्वी को महसूस करे विजुअलाइज करे पूरे अर्थ पे आप लेटे हुए हैं अनंत आकाश आपके ऊपर है सर्वत्र है आपका एनर्जी और बढ़ता हुआ एनर्जी बॉडी और बढ़ता और इस परम चेतना को समे हुए परम चेतना में बने हुए अपने शरीर को अपने स्थूल शरीर को महसूस करे वो शरीर जो डिसॉल्व हो जाएगा उसे इसी तरह देखे वस्त्रों की भांति अगर शरीर वस्त्र है तो वी आर द एनर्जी वी आर द सोल वी आर द नॉलेज वी आर द पावर ऊर्जा के रूप में खुद को महसूस करें और पुनः अपनी चेतना को श्वास पर लाए शरीर पे लाए श्वास को महसूस करने का प्रयास करें हृदय की धड़कन को महसूस करें अपनी हाथों की उंगलियों को महसूस करें पैरों को महसूस करें और मुस्कुराएं, स्माइल, इस अनुभव के लिए मुस्कुराएं और धीरे धीरे धीरे करते हुए बाहर आने का प्रयास कीजिए शरीर पर आए हाथों की मूल्यों को गतिते दे और एक शिशु की भांति एक छोटे बच्चे की तरह करवट लेकर लेट जाए बंद है आंखों को बंद रखें पूरी प्रकृति हमारे मां के गर्भ के समान है हम हमेशा सुरक्षित हैं पहाड़ों में सुरक्षित हैं मैदानों में सुरक्षित हैं किसी गुफा में जाके बैठ जाएंगे तब भी सुरक्षा का भाव हमेशा बना रहे अपनी सारी चिंताओं को सारे तनावों को उस ईश्वरीय शक्ति के प्रति छोड़ दें, प्रकृति के प्रति छोड़ दें, वो हमारा ध्यान रखेगी और करवटलें उठ कर बैठ जाए आराम से प्रार्थना को सुनेंगे ओम असतो इस योग के माध्यम से हम असत्य से सत्य की ओर गमन करें तमसो म्योतिर्गमय हम अंधकार से प्रकाश की ओर गमन करें तमस से ज्योति की ओर लाइटनेस की ओर ऊपर उठें मृत अमृत मृत्यु से अमृत की ओर गमन करें अर्थात शरीर से आत्मा की जो यात्रा है उसकी यात्रा करें स्थूल बॉडी से एनर्जी बॉडी तक पहुंचे अपने आप को एनर्जी समझें ऐसा प्रार्थना है हमारी शांति शांति शांति हमारे सारे ताप शांत हो जाएं दैहिक दैविक और अधिभौतिकी प्रार्थना के साथ पामिंग पुनः शरीर पे आ जाओ बाहरी दुनिया को महसूस करो तो ये जो अनुभव है योग करते करते ऐसी कला आ जाए हमारे अंदर कि हम जब चाहें एक्टिवेशन मोड पे चले जाएं और जब चाहें तब ऐसे विश्राम में आ जाए तो क्या करो थोड़े दिन जब भी सो एकदम शरीर को ढीला छोड़ दो और सो जाओ तो जो आराम अभी महसूस हो रहा है वैसा तो ही आराम रोज मिलेगा और दिन भर एकदम प्रफुल्लित रहोगे प्रसन्न चित्र रहो रहित रहो yes. किसी को कुछ कहना हो तो आपका आपके लिए माइक खुला है कोई नया अनुभव कृपन बाबू पहली बार क्या आपने कृपन पहली बार किया पहली हाँ बार बारा लगा जो पहली बार करें अनुभव जरूर सुनाएंगे सर बहुत अच्छा लगा अपनी पूरी बॉडी कंट्रोल कंट्रोल में आ सकती है। के कंट्रोल में आ आ सकती सकती है अच्छा, है के अच्छा एकदम ठीक है एकदम ऐसा लग रहा है कंट्रोल में सब तो अपने अलग अलग कर रहे हैं नहीं? नहीं? आ, इसका क्या होगा? कर, बैठ करो पीठ के बल लेट जाओ। जाओनो किसी को तो ले बता दे आपने ये कर रखा है पहले बार तो बार बार बार अपने माइंड को पीस में ले जाओ जो एक्शन करना हो आराम से करें हड़बड़ाना नहीं है घबराना नहीं है डरना नहीं है जितना योग करेंगे अंदर हमारे अंदर ये सारी स्टेबिलिटी आनी चाहिए है ना तो क्या होगा तो तो हमारी योग अवस्था बनी रहेगी हम योग अवस्था में जाएंगे उस योग अवस्था में क्या होता है हम हमें चल रहते हैं विश्राम में रहते हैं सोते जागते हमेशा हमारा एक रिलैक्सिंग रिलैक्सिंग मोड रहता है और वो ऐसा नहीं होता साथ में रहेगा उससे क्या फायदे होंगे उससे हमारी मेमोरी शार्प होगी आपके विचारों में एक कनेक्टिविटी होगी हवा में बातें नहीं करेंगे हम हमारी बातों में सत्यता होगी जो हम सोचेंगे उसको हम पूरा कर पाएंगे आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर पाएंगे आपको जहां जो कुछ अचीव करना है उसके लिए आप प्रयास करेंगे बिना घबराए बिना किसी तनाव के और तनाव बिल्कुल शून्य हो जाएगा लोग अच्छा महसूस करेंगे आपसे बात करके आपके पास बैठ के क्योंकि हमारी एनर्जी बॉडी बढ़ जाती है और हम अपने शरीर की अधिकांश ऊर्जा एनर्जी सारी सारी तो उन्होंने बहुत सारा लंबा चौड़ा बखान कर रखा है कुल मिला के आनंद आना चाहिए आज आपको आनंद आया अच्छी बात है कल फिर मिलेंगे साढ़े सात बजे लेट जाओ और ब्रेथ करो अगर या अनुलोम करो बैठ के तुरंत सही हो जाएगा ठीक है और किसको होमवर्क दिया था मैंने प्रीति जी नमक वाला सेशन किया नहीं नहीं नहीं सर पता ही वापस किया था मैंने बिजी हाँ। थे आप। हु, हु, हु, हु, हु. कल बिजी थे आप आपने कॉल नहीं किया मैंने नहीं किया आपने नहीं किया मैंने नहीं किया वापस काम में लग गई थी ना इस वजह से रोहन विद्या जी हाँ सर आज रोहन को आप नमक वाला कराओगे प्रोसेस हाँ। ठीक है रोहन दोपहर हाँ। में फ्री हो के अभी बात करे ना विद्या जी से टाइम ले लो जी सर ठीक है और वो प्रोसेस करना है एक बार चलो ठीक है थोड़े कोई बात नहीं मुठिया बंद कर दी फिर मैंने ठीक ठीक है, थीक है है। सामान्य बात आशा जी कैसे आपके पैर वगैरह वगैरह लगे अभी आप क्या बहुत दिनों शुरू किया ना सब कुछ तो उस वजह से दिक्कत आती नया वीडियो ऑन करो जया जी वीडियो ऑन करो जय जी आप रोज इसे कर सकते हैं सर मेरे नींद हाँ नींद आने दो जिनको जिनको थकान रहती है जो ओवरथिंकिंग मोड पे रहता है उसको नींद आएगी उसको आराम चाहिए वो इसके वीडियोस भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन। हर हफ्ते में ती, दो तीन दिन ऐसा कर सकते हो कि वीडियो चलाया ऑन किया और सुनते हुए शवासन कर लिया बहुत आपके लिए बहुत जरूरी है जया जी वो जो आप कह रहे ना बेचैनी की सब घबराहट कैसे दूर होगी वो ऐसे ही रिलैक्स हो और बार बार खुद को ये बोलो की शरीर हम शरीर नहीं वी आर दोल वी आर द एनर्जी ना, तो इससे सब बैलेंस हो जाएगा। और इसको योग का अभ्यास करना है आपको हफ्ते में दो दो तीन दो, तीन दिन मैं नहीं ठीक है अच्छा। बने अभ्यास में सोरे थे सबको देख रही थी क्या हुआ रोकी रही हो आखों में पानी हल देखो हाँ? रुना है? ठीक है ठीक है ठीक है चलिए कल मिलते हैं ओके हैव ए ग्रेट डे